1890 के दशक में में में में में सबसे सक्सेसफुल गिनी जाने वाली जुलका की एक बार फिर बॉलीवुड में एंट्री। हालांकि हमने उन्हें 2018 में उनकी जीनियस मूवी देखा था और अब वो एक बार फिर अपने वेब सीरीज के जरिए डेब्यू करेंगी। फैंस काफी खुश हैं उनकी वापसी को लेकर हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में मेल लीड एक्ट्रेस के बदलाव के बारे में बताया उन्होंने कहा कि पहले के मुताबिक अब फीमेल एक्ट्रेस के किरदार काफी स्ट्रांग है